दोस्तों आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आप लोगों को हम यह बताएंगे कि नेशनल वोटर पोर्टल सर्विस द्वारा एक प्रमाण पत्र जनरेट करने का लिंक प्रोवाइड किया गया है जिसमें अब आम नागरिक अपना प्रमाण पत्र जनरेट कर सकता है और यह प्रमाण पत्र कई तरह से काम आएगा तो चलिए दोस्तों हम आपको यह प्रमाण पत्र जनरेट करने का पूरा प्रोसेस बताते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा सिफ्ट मत करिएगा तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले वोटल प्लडेज में आना होगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा आप उसको उस पर जा कर के आप अपना प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये लिंक ओपन होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल यहाँ पे आप टाइटल जो भी है मिस्टर मिसिस श्री श्रीमती या डॉक्टर उसको आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद एंटर योर नेम जो भी आपका नेम हो यहां पर आप अपना नेम डालें अपना नाम डालने के बाद यह आप जो कैप्चा देख रहे हैं ये यह यहां पे कैप्चा आप यहां पे फिल करें कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके आ जाएगा वेलकम मिस्टर आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा उसके बाद इंग्लिस या हिंदी आप जिस भी लैंग्वेज में प्रमाण पत्र जनरेट करना चाहते हैं वो प्रमाण पत्र यहाँ पर आप मतलब उसकी लैंग्वेज आपको चुनना पड़ेगा तो चलिए हम इंग्लिस पर सेलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखेगा इसके बाद आप ये आई हैव टेकन द प्लेस इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सबमिट इस सबमिट पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका कार्ड इस प्रकार से जनरेट हो जाएगा जनरेट होने के बाद ये आप नीचे देख सकते हैं डाउनलोड इस पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यह आपका कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड हो के आप देख सकते हैं ये आ चुका है आप इसको ओपन भी करके देख सकते हैं तो ये इस तरह से आपका कार्ड दिखेगा डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर के भी ऑप्शन दिए हैं। आप चाहें तो फेसबुक ट्विटर व्हाट्सअप या अदर और भी प्लस पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ पे और भी आपको जो है सोशल नेटवर्किंग के आईकॉन आ जाएंगे तो उस पर आप शेयर भी इसको कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं वेलकम मिस्टर आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा अब आप जिस लैंग्वेज में भी प्रमाण पत्र जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो प्रमाण पत्र यहाँ पर उसकी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो हमने अभी आपको इंग्लिश में बताया था अब हम आपको हिंदी में बताते हैं कि, कि किस प्रकार से जनरेट करना है तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद देखिए मतदाता शपथ पत्र हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गर्मी को अचूर्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ये एक तरीके शपथ पत्र है और इसके बाद मैंने प्रतिज्ञा ली है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये सम्मिट इस सब्मिट पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप ये सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से शपथ पत्र प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं चलो वोटर बने हम इस पे ये प्रमाणित किया जाता है कि श्री आपका नाम आ जाएगा ने लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखते हुए स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ये उसी तरीके से जो आपने शुरू में शपथ पत्र पर वहाँ पे टिक किया था सेम वही यहाँ पर छप करके आ जाएगा और आप देख सकते हैं डेट 11 सितंबर जिस दिन भी आपका ये कार्ड जनरेट हुआ है तो उसकी डेट आ जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर रणवीर सिंह मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली इनके यहाँ पर साइन और हस्ताक्षर भी रहेंगे और ये मोहर लगी हुई है तो आप देख सकते हैं इसको आप ये ग्रीन कलर में जो डाउनलोड लिखा हुआ है इसको आप डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद इसको हम ओपन करके देखते हैं तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं ये नज़र आएगा इसके बाद अब आप इसको फेसबुक ट्विटर या व्हाट्सअप या ये प्लस आइकॉन पर क्लिक करके आप अदर जो कोई भी सोशल नेटवर्किंग आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पे भेज सकते हैं या ये प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रिंट भी ले सकते हैं तो दोस्तों आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद